वेलकम बैक वेलकाम बेक नतुन भिडिजी आमार लक्िर रयल कर्ड वंडल भाई सब नतून बंडल एस आम फास्ट स्पीन नूलाले दसटा स्पीन कर दसटा ना भाई गोल्ड र भाल सब बाप मोर बपे बेती लगे मैं गोटे खेतिए खेती गोलडाल भालसाल खेती करेतिये खेती, गोल है। खेती, खेती, है, खेती है जा। भाई सब उल्जापी बल्ह गल भाई सब गोलडाल बंद ऊलि गलट भाई कामस। भाई टॉप अप टपू मिल तो टपअप मार मैं गलो अपर ऊर ले आज इंटरेस्टिंग से टपअप तो टपअप तो इंटरेस्टिंग से कार स्किन कार स्किन भाई साबी लेजेड बी बेह हेवी और इंटरेस्टिंग इमोट इमोट आगर रिमोट तो चेन्ज हल नि इमें निउन टू थाउजेंड इले टू थाउजेंड ट्वेंटी वन नतुन इम बिशा तो पटाफ इमें जाऊँ सीधा गेम प्ले गलो गेम प्ले भर आम पूरा मैंने क्लास स्कूर सीजन स्टार्ट हो गल आज तो आज स्टार्ट हो गए डायरेक्ट आपन लोगर जाबार डायरेक्ट पड़े अपना ग्रेंड मास्टर त ग्रेड मास्टर जाबर कारण आपन बेसि कष ना मोर भिडिख सबसक्राइब कर गेन मास्टर कैन के लास्टल टिप्स एंड ट्रिक्सर भिडिओ दीम आपन लास्टर ग्रेंड मास्टर सोमा जायों ग्रेंड मास्टर पोस्ट कर प्रथम तो खेले बी कब बे प्रथम ना सेकेंड खेल है यू खेल तो भाई सा हेटते पेलम बेलेग ने पपेन हेवी हेभी आती क्ला क्लास स्कुआ सेंक मैंने पुस्ट मैं हेरी भाई से बैंक लम्बे भाई सेना इमपसिबल के लिए अक हेभीतक हेभी प्लेयरकान टेप मारिसे अक वन टेप वन टेप वान टेप बेलेग एक नए अक वान टेपक टेप। टेप पबा तो भाई सब क्या ऊलाले बोले पर माराई वहाँ पंद्रह नागले ना को बोला लास्ट वीडियो एंजॉय करना इन्जय लगे नक कबा लाइक शेयर कमेंट कमेन्ट कर भाई तो, कम ठपकम ठपीचा लग एच मार मारिमे मारी वो। मारी में मारी मारी बॉस कोथा ना एच मारिम तो मारीम बेले कटा बे, ना तुम कटा ना कटा तक पाती पाती जा कटा चापी ओ भाई गुलाल एक ना टीम हेबी ओ घुसा मारि टीम ओ बेस बंधु बंदू ना बेलेग देख भाई सब ओ भाई सब क्या मरी पक्का मरी मरी लिखी लाई सब इ मरी तह बहिता जपियाल गोल मैं जान तब मरी भाई सब भू लगे भू भू ना तो भाई सब भिडीओ लास्ट चाय बुझी पा क्लास का रैंक के खेला जाए भाई लास्ट हो गया बया तो भाई बहुत मुश्किल है बहुत बहुत मुश्किल है भाई ये जिंदगी झंड है भाई फिर भी घमंड है ऐसा कहे कहता है हम लोग ऐसा नहीं कहता है बाबू हम लोग मार के कहता है भाई एन आया क्या नहीं आया उधर से घूम के आ रहा है साली रुक रुक रुक हम उधर रुक रुक भाई भैया भैया नाइमेट ना बसा दे तक बसा दे बचा दे बसा दे बसा दे बसा दे बड़े बेहतर मन रख लगे, लगे किम चाने से ना भाई रख लग अल जिम्मेदार रख लगे गैया लगे बी पीछर बैठे बहुर कारण बहुत खेती हल्द रखी पार्टी जनम जनमे रखी थीं बिक्टर दो गेम आम हाथ राउंड तीन राउंड शर्ट काटकांड पानने ल शर्ट गन जो हेड शर्ट दी नेखेलवे गेम प्ले भाई सब साल शर्टगानक हेड नहीं नि गेम प्ले मैं शर्ट गण हेड शेट दिल्ली लो अड शर्ट देड शर्ट जो नपरा ना गेमे नेखेम आ माने कलु भाई शॉट ओ भाई भूटिमेज दिल ओ भाई की भारे भूटिमेज ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई नीले ए नीलेम कर मारे तरम कर कूक जो कत गलि दिए न चला इनमें हर बान्दर जान जपिया था मैं जपिया उठी गलो घर ऊपर बारिश कत आता ओ ओपी पी के लिए गि लाइक हो जाए लाइक दिव दिशा हजू बा कम है भाई बाय बाय बाय बाय लेजेंड प्लेयर भाई ओपी ओपी ओपी ओपी इन द चैट बेबी तीन नम्बर राउंड होगा लास्ट राउंड लासा राउंड तो हम जीकी में जीकी में साला जीकी में ता तो का सब गमते दीदी तो की हो हम ये जीकी में जीकी में जीकी में जीकिम जीकिम जीकी में भाई भाई जीकी में भाई भाई जीकी ओए रुक के हो जाओ भाई भाई भाई भाई मलामोड़ी रामबो भोला पड़ी रामपो भला कारी रामपो भला कारी रामपो भाई भाई भाई भे भाई भरे भाई भैया मारी दिलेर से आराम से आराम से भाई पीछे से पाले पड़ा बजाय दी नीरे थोर इज्जत का फालुदा कर दिया तूने छी पैरा भाई चुप चुप के खेलो आराम से खेलो यार तूने तो मेरा नाम नहीं डुबाएगा तो भाई साहब भाई भाई भाई भाई इधर ही इधर ही मार इधर ही जल्दी से वो भाई उसने तो को मार दिया दो भाई दो दो भाई दो दो दो भाई एक आगे एक पीछे एक आगे, एक पीछे, एक आगे एक पीछे ओ ओ भाई, भाई भाई नॉक, जून महीनों खुआ आराम से आराम आराम आराम से से से आराम से कोई जल्दी नहीं बाय बाय बाय बाय बाय बाय लेजेंड तेरी साला नाम है आराम आराम से से इस आराम से है ये पक्का बराबर बक्का बारे बारे की थी बह ब कोड़ी जब जिन के के को की भाई भाई कमेंट कमेंट भी वीडियो वीडियो लोग लोग ते लाइक शेयर ठोकी हो आने वाला वीडियो और मजेदार ढसुड़े वाली नक बेले मानी देखो ना ना तक तो इनके मारे नौ उमाय मार्स mm, mm. mm. नहीं कह अलमानी दिदा रेट ना खिल रो आ आ, आ. ओके ओके जा तो भाई ना नाला ए भाई कहिस्क चला पीस पर बाहर चला बाय बाय बाय हेल्प कर हेल्प कर थोर थोर थोर गुड गुड गुड ओ एंड पीस बाय बाय आराम से आराम से हाँ भाई चश्मा में माइक लगा के रखा है भाई चश्मा तो माइक लगा ओके नो बाय बाय नो भाई आराम से आराम से ओके भाई एक एनमी है एक एनमी ए मजा बुिया हब यू पक्का भी कुनु जल्दा जल्दी जल्दी दे ना दरमसे लहे दे ला दे कभी देख लें देखले भाई भाई ओ इधर इधे भाई भाई मे मारीम भाला मारीो भाला काढ़ी रम भाला मारी थैंक यू फर वाचिंग लास्ट मैं लाइक जाना थपकान लाइक दी सक बेक्ट भिडिओ क्या भिडिओ लाइक कर